हेलो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग मिथला की रसोई में मैं फिर से आपको स्वागत करती हूं आज हम बनाएंगे पनीर का सब्जी वो पनीर का सब्ज़ी जो है एक अलग तरीके से बनाएंगे चलिए दोस्तों ये किस तरीके से बनता है आज हम लोग बनाते हैं इस पनीर सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले आधे किलो पनीर हमने जो है ले लिया है इसका मसाला तैयार करेंगे तो चार से पाँच जो है हरी मिर्च जितना आप तीखा पसंद करती हैं उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले सकती हैं अदरक लहसन सारा का हम एक पेस्ट बना लेंगे यानि कि मिक्सी के जार में डालकर उसको थोड़ा सा दरदरा ही पीस लेंगे तो हरी मिर्च लहसुन अदरक सारा का हम एक पेस्ट बना लेंगे और इधर प्याज दो बड़ा सा प्याज़ को रफली कट कर लिया है दो मीडियम साइज टमाटर को रफली कट कर लिया है पांच से छह जो है काजू इस सारा को हम पेस्ट बना लेंगे इस मिक्सी के जार में तीनों को डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे और इधर पनीर को हमने जो है कट कर लिया है प्याज टमाटर सारा का पेस्ट बना लिया है इधर अदरक लहसुन हरी मिर्च का आधी चम्मच जीरा खरा गरम मसाला में है दालचीनी चीनी बड़ी इलायची दो एक छोटी इलायची चार लौंग ये हमने जो है ले लिया है अब हम एक कढ़ाही लेंगे कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे और हमें जो है ऑयल को करना है गर्म ऑयल गरम जब हो जाएगा तब हम इसमें डाल दिए हैं पनीर को क्योंकि पनीर को हमें करना है फ्राई इस तरीके से फ्राई कर लिए हैं पनीर को एक बार निकाल कर दूसरा बार उसी प्रोसेस से हम फ्राई कर लेंगे सारा निकाल कर पनीर को उसी ऑइल में आधी चम्मच जो जीरा रखे हुए थे वो डाल देंगे और खरा गरम मसाला में दालचीनी डाल देंगे और बड़ी इलायची छोटी इलायची को थोड़ी सी हल्की सी क्रस करके वो डाल देंगे और इसमें लौंग डाल देंगे और हरी मिर्च लहसुन और अदरक का जो हमने जो पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो डाल देंगे डालने के बाद हल्का सा हम इसको फ्राई कर लिए हैं थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई हो गया है इसके बाद हम प्याज़ का जो पेस्ट बना कर रखे हुए थे वो डाल देंगे इसमें प्याज के साथ ही इसमें हम काजू डाल दिए हुए थे उसको हम थोड़ा सा भून लेंगे प्याज को मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक तब तक भूजेंगे जब तक कि इसका प्याज का कच्चा पन्ना ख़त्म हो जाए तब तक इसको प्याज को हम भून लेंगे इस तरीके से और थोड़ी सी कलर भी चेंज हो जाता है हमने जो है इसमें हींग डालना भूल गया था उसी खरा गरम मसाला के साथ ही डाल देंगे लेकिन हमने जो है अब डाला है कोई बात नहीं क्योंकि प्याज तो और भुनाएगा तो हींग भी भुना जाएगा अब हम बेसिक मसाला एक कटोरे में रख लेते हैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर और दो चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच मिर्ची पाउडर जितना आप तीखा पसंद करती हैं उस हिसाब से मिर्ची पाउडर डाल सकती हैं इसमें क्योंकि वैसे हरी मिर्च भी इसमें डाला गया था इसलिए हम थोड़ा कम ही लिए हुए हैं और इसको भूनेंगे देखिए कढ़ाही में एक तले में चिपक रहा है यानी कि प्याज मेरा जो है भुना गया है अब हम मसाले को थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लिए हुए हैं टमाटर का पेस्ट जो बना कर रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं इसमें और बेसिक मसाला का जो पेस्ट बनाए हुए थे वो भी हम डाल देंगे डालने के बाद जो है इसको हम मिक्स करते हुए भूनेंगे अब हम अच्छी तरीके से इसको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि मेरा प्याज के साथ मसाला टमाटर सारा जो है भुना आ जाए इस तरीके से इसको हम अभी भूनेंगे और भूनने के बाद जो है इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम तो हमने जो है डेढ़ चम्मच इसमें नमक डाल दिया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक डाल देना और इसको भूनेंगे और हल्की सी और अच्छी तरह से भूनेंगे थोड़ी सी जो है इसमें हम आधी चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे जीरा पाउडर से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसलिए जीरा पाउडर डालने के बाद जो है इसको हम चलाते रहेंगे जिससे कि कढ़ाही के तले में चिपके नहीं नहीं तो जल जाएगा तो फिर ख़राब हो जाएगा अब हम क्या करेंगे तो पनीर जो था उसको हम एक टोपी पानी में इसको डाल देंगे इससे क्या होगा तो मेरा पनीर जो है और सॉफ़्ट हो जाएगा इस अलग अलग तरीके से थोड़ा हम बनाते हैं पनीर को और उसको पानी में छोड़ देंगे इधर जो है तब तक हम मसाले को और भुनेंगे अभी मसाले जब तक कि ऑयल ना छोड़ने लगे जब अच्छी तरीके से मसाला भुना जाएगा उससे पहले हम पनीर को पानी में से अच्छी तरह से निचोड़ कर एक प्लेट में रख लेते हैं या फिर डायरेक्ट आप कढ़ाई में भी डाल सकते हैं लेकिन हमने जो क्या क्या है अभी मसाला अभी नहीं भुनाया है इसलिए हम प्लेट में अभी थोड़ा सा निचोड़ रख लेते हैं और अच्छी तरीके से उसको पानी को निचोट लेंगे वैसे तो कोई बात नहीं है थोड़ा सा पानी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है मसाला में जाएगा तो और भुनाएगा और इस तरीके से और ये पानी को हमें फेंकना नहीं है और इसी में हम डाल देंगे ग्रेवी में तो थोड़ी सी और हम अभी भूनते हैं देखिए मसाला जो है कलर वैसे नहीं दिख रहा है आपको काश्मीरी लाल मिर्च नहीं दी है तब पर भी बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आया था और कलर भी बहुत ही अच्छा प्यारा आया था इसको और हम अभी भी भून रहे हैं जब तक कि ऑयल ना छोड़ने लगे तब तक, तक इसको भूने भूनेंगे जिससे कि अच्छी तरीके से जो है मेरा मसाला प्याज तो वैसे भुना ही गया था अच्छी तरीके से भुना जाएगा इस तरीक़े से अब भून ये भुना गया है अब वो पानी जो था पनीर वाला वो रखना है उससे पहले हम पनीर को डाल देंगे मसाले के साथ और दो मिनट के लिए हम जो है पनीर के साथ मसालों को मिक्स करके भून लेंगे थोड़ी सी हल्की सी भूनेंगे ज़्यादा नहीं बस दो मिनट ही इसको हमें भूनना है इसके साथ और भूनने के बाद देखिए आराम आराम से भूनेंगे वैसे तो पनीर एक भी नहीं टूटा हुआ था एकदम सॉफ्ट भी हो गया था तो ये पानी हम क्या करेंगे इस ग्रेवी में डाल देंगे क्योंकि ये पानी जो है पनीर का ही है कोई बाहर का पानी तो वैसे डालना ही था यही पानी हम ग्रेवी में डाल देंगे और ग्रेवी इतना डालेंगे जिससे कि मेरा जो है ज़्यादा ना पतला ना गाढ़ा ऐसे हम रखेंगे ग्रेवी इसका क्योंकि थोड़ी देर और अभी पकेगा भी बॉयल भी होगा अभी अब लास्ट स्टेज पर क्या करेंगे आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसमें जो है टेस्ट और बढ़ा देगा इस गरम मसाला पाउडर से और डालने के बाद जो है इसको हम क्या करेंगे ढक देंगे कवर कर देंगे और थोड़ी देर इसको हम पकने देंगे चार से पाँच मिनट तक पकने देंगे चार से पाँच मिनट हो गया है देखिए एकदम से ग्रेवी में उबाल आ गया है यानी कि मेरा पनीर जो है पककर रेडी हो गया है सब्ज़ी बन के रेडी हो गया है देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है यकीन मानिए फ्रेंड बहुत ही टेस्टी बना था ये पनीर का सब्ज़ी इस तरीके से और अब हम क्या करेंगे इसको दूसरे बर्तन में इसको हम निकाल लिए हुए हैं और इसके ऊपर से थोड़ी सी या तो आप धनिया पत्ता हरी धनिया पत्ते को आ, को काट कर डाल दी बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बन के रेडी हो गया है आप भी ज़रूर बनाइएगा बहुत ही पसंद आया आज का वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर और जो है यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय लव यू